हेलो दोस्तों ये एम का सेट है ठीक है दोस्तों आज हम इस एम सेट को डिस्प्ले डाल के देनी है कस्टमर को देखते हैं भी इसकी कितनी पिन है और क्या है ठीक है देखिए दोस्तों इस सेट को खोलते हैं अभी हम इसको तैयार करने में कुछ टाइम लग जाएगा और वीडियो के साथ बने रहो दोस्तों भी आपको मैं कुछ नया सिखाने के लिए बताऊँगा देखते हैं अभी क्या चीज़ है इसके अंदर ऐसा क्या सिस्टम है जो डिस्प्ले जो दिखाई नहीं दे रही और टूट गई है इसकी और कस्टमर बोल रहा है कि मुझे पाँच मिनट के अंदर अंदर चाहिए यार कैसे करके दो मैं क्या भाई साहब आप बैठो दो मिनट हम कर देते हैं देखते हैं देखते है रहो जल्दी ओके ब्रो खोल लिया सेट को और देखते हैं वाओ डिस्प्ले तो टूटी हुई है क्या बात है टूटी हुई है और कितने पिन हैं चौबीस पिन तो मान के चलो चौबीस है तो इसकी बीस पिन ची लगेगी दोस्तों okay, दोस्तों खोल दो अभी इसको ख दो दो लो स्केर पार चकने से इसको खोल लो यहा और हमें बीस पिन डाले दोस्तों ओके हमें आयरन उठाना भी आयरन में उठा के पेस्ट ये पेस्ट है पेट से हमें देखना है भी कितना वैल्यू चाहिए से यहाँ से डिस्प्ले को उठाओ और ऐसे उतारो ओके okay, दोस्तों अब इसको रब कर लो थोड़ी देर